कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो भेड़ बकरियों की तरह नहीं शेर की तरह चलो कितना भी कठिन हो रास्ता हर हाल में आगे बढ़ो ये दुनिया तुम्हें सताएगी रुलाएगी हर दिन नया नया रूप दिखाएगी पर जिस दिन तुम अपनी मंजिल को पाओगे तब यही दुनिया नाम जपते जबते पीछे पीछे आएगी बड़ी से बड़ी रुकावट को समझदारी से पार करो अपने अंदर की कमजोरी पर पूरी ताकत से वार करो, छोटी हर खुद को ऐसा तैयार करो कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा हंसना है तो रोना होगा चमकना है अगर सोने की तरह तो आग में खुद को तपाना होगा बदलना चाहते हो अपनी जिंदगी तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा तुम्हारी पुरानी तुम्हें हमेशा नीचे गिराएंगी थोड़े से मजे के बदले तुम्हारा सब कुछ लूट के ले जाएगी। तो दोस्त अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको तुरंत लाइक करो और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हमेशा ऐसी मोटिवेशनल वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी